यार पेट में दर्द हो रहा है एक काम करती हूँ चलो किसी को पता नहीं चली रुको जरा यार पाद आ रहा है क्या करू चलो मार ही देता हूँ मजा आ गया